हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बनाएंगे फली की सब्जी तो सबसे पहले तेल को गरम करना है तीन चम्मच गरम किया है तेल आधी चम्मच डालना है राई थोड़ा सा करी पत्ता डालना है और यहां पर बारीक एक प्याज काट लिया है और एक टमाटर को भी बारीक काट लिया है प्याज को डालना है यहाँ पर राई की जगह आप जीरा भी डाल सकते हो अब प्याज डालने के बाद अच्छी तरह से ब्राउन कलर आने तक हल्का सा भून लेना है हल्का सा ब्राउन कलर आ चुका है प्याज को अभी इसमें डालना है टमाटर यहाँ पर एक बारीक काट लिया है टमाटर को टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है अब इस टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेना है एक दो मिनट के लिए नमक डाल दिया है स्वादानुसार नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और टमाटर सॉफ्ट होने तक भून लेना है एक दो मिनट के लिए ये देख सकते हो टमाटर सॉफ्ट हो चुका है एक दो मिनट के लिए इसे भून लिया था हमने ये देखिए एकदम इजीली मैश हो रहा है यहाँ पर टमाटर एक छोटी चम्मच यहाँ पर डाला है हल्दी और तीखा मसाला डालना है डेढ़ चम्मच यहाँ पर तीखा मसाला डाला है मैंने मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर हमने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किया है जो घर पर अवेलेबल होता है हम उसी से ही इस सब्ज़ी को बना लेते हैं लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फली को डाल देते हैं इस फली को अच्छे से धोकर कट कर लिया है फली को डालने के बाद अच्छे से मिलाना है अब इसे भी एक दो मिनट के लिए भून लेते हैं अब यहाँ पर क्रश किया हुआ मूंगफली है मूंगफली को भूनकर मिक्सी में पीस लेना है मूंगफली के क्रश को डालने के बाद अच्छे से मिलाना है और एक दो मिनट के लिए भून लेते हैं देख सकते हो आप एक दो मिनट के लिए भून लिया है हमने ये देखिए भूनने के बाद इस तरह से ये दिखता है अभी इसमें डालना है पानी गरम पानी का यूज़ किया है मैंने पानी इसमें थोड़ा सा ही डालना है इस सब्ज़ी को हम सूखी बनाने वाले हैं इसलिए पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा सा ही पानी डालकर इसे हम पकाएंगे अब इसे इस ढक कर रख देते हैं पाँच मिनट के लिए देख सकते हो आप पाँच मिनट तक पका पका लिया था हमने ढककर अभी ये सब्ज़ी बनकर तैयार है गवर फली की ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है सूखी आप इसे बच्चों के लिए बड़ों के लिए टिफ़िन के लिए भी इस तरह सा इस तरीके से बना सकते हो देख सकते हो आप खाने के लिए अभी तैयार है गवर फली की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है एक बार जरूर ट्राई करें और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और कम सामग्री में भी हम इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं इस टेस्टी सब्जी को जरूर ट्राई करें वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ